एंड जब भी आप यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं आप ये चाहते हैं कि जब भी कोई वीडियो डाउनलोड करे वो आपसे पूछे कि आपको एच क्वालिटी में करना है लो क्वालिटी में करना है मीडियम क्वालिटी में करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे उसके लिए आप लोगो पे जाएंगे सेटिंग पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पर जाएँगे डाउनलोड क्वालिटी पर जाएँगे यहाँ पर आपको आस्क ईच टाइम करना है अब जब भी कोई वीडियो आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको एचडी क्वालिटी में करना है लोअर क्वालिटी में करना है मीडियम क्वालिटी में करना है